पूरी दुनिया में दो प्रकार के लोग रहते हैं पहले वो जो सिर्फ अमीर दिखना चाहते हैं और दूसरे वो जो अमीर बनना चाहते हैं अब आप कौन से हैं ये आज हम इस वीडियो में जानते हैं वीडियो को शुरू करने ऐसी होंगे क्यूँकी इसके बारे में हम लास्ट में बात करने वाले हैं आज के हमारे वीडियो का टॉपिक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्यूँकी आज हम जानने वाले है की अमीर लोग ऐसा कौन सा सीक्रेट जानते हैं जिसके कारण वो बहुत ज्यादा अमीर है और आप ऐसा कौन सा सीक्रेट नहीं जानते हैं जिसके कारण आप अमीर बनने की सिर्फ सोचते रहते हैं लेकिन कभी भी अमीर बन नहीं पाते हैं इसके लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि कोई भी व्यक्ति गरीब क्यों रह जाता है वो बहुत मेहनत करता है वो बहुत सपने देखता है वो हर वो कोशिश करता है जिसकी वजह से वो अमीर बन सके वो पैसा कमाना भी शुरू कर देता है लेकिन कभी भी एक अमीर आदमी नहीं बन सकता तो किसी भी व्यक्ति के गरीब रहने का सबसे बड़ा कारण है ये Wedi. अब आप कहेंगे कि ये तो एक त्रिभुज दिख रहा है एक ट्रेंगल दिख रहा है ये कैसे हमें गरीब बनाता है अब इस बात को ध्यान से समझिए कि ये कैसे आप सभी को गरीब बना रहा है सबसे पहले क्या करता है वो अपना सारा का सारा समय अमीर बनने के लिए देता है वो मेहनत करता है वो सपने देखता है वो काम करता है वो जॉब करता है, है, है बिजनेस करता है हर वो चीज करता है हर उस चीज में समय लगाता है जहाँ से उसे पैसा मिल सके अब समय उसने दे दिया उसके बाद क्या हुआ की उसके पास पैसा आ गया लेकिन, लेकिन पैसा, पैसा आने, आने के बाद वो उस पैसे का क्या करता है ये सबसे इम्पोर्टेंट है इस पैसे से वो खरीदता है चीजें कुछ ऐसी चीजें जिसके उसने बचपन से सपने देखे होते हैं क्योंकि वो पहले गरीब होता है तो वो सोचता है कि मैं उन सारी चीजों को खरीद लूं, वो कार खरीदता है महंगी महंगी वो घर खरीदता है महंगे महंगे, महंगे वो बहुत सारी ऐसी चीजें खरीदने लगता है उस पैसे ऐसी जो उसने अभी अभी कमाए हैं लेकिन सबसे बड़ी गलती आप लोग यही पर कर रहे हैं जो एक अमीर इंसान कभी भी नहीं करता है आप ध्यान ऐसी समझिएगा की यहाँ पर गलती क्या है आपने अपना पूरा समय दिया अपने पैसे को कमाने के लिए लेकिन उस पैसे से एक ऐसी चीज खरीद ली है जो वापस ऐसी आपसे पैसा मांगेगी उस चीज को चलाने के लिए अब मान लीजिए कि आपके पास पाँच लाख रुपए घटा हो गए थे लेकिन आपने कार खरीद ली दस लाख रुपए की पाँच लाख तो पहले ही आप अपनी जेब से दे चुके हैं लेकिन अगला पाँच लाख देने के लिए आपको सिर्फ पाँच लाख नहीं देना है अब आपको पाँच लाख और उसका ब्याज भी देना है इसका मतलब आपने एक ऐसी चीज खरीदी है जिसमे सिर्फ एक खर्चा नहीं हुआ है अभी तक दो खर्चे हो चुके हैं मतलब मूलधन और उसका ब्याज आपका जाता जा रहा है लेकिन खर्चा यहाँ पर रुका नहीं है अभी एक और खर्चा यहाँ पर आने वाला है क्या आपने कार को खड़ी रखने के लिए लिया बिल्कुल नहीं उस कार को आप चलाएंगे भी जब चलाएंगे तो उसमें पेट्रोल या डीजल लगेगा ही वो पैसा भी एक्स्ट्रा आपको देना ही है अभी भी खर्चे रुकने नहीं वाले है जितने पैसे आप टाइम लगा कमा रहे हैं वो और खर्च होंगे क्यूँकी गाड़ी एक साल के बाद सर्विस आरोप आएगी जितनी महंगी कार होगी उसकी सर्विसिंग उतनी ज्यादा महंगी होगी इसका मतलब आपने अपना इतना सारा समय लगा दिया अपने पैसे को कमाने के लिए लेकिन उस पैसे से आपने एक ऐसी चीज खरीद ली जो आपसे और ज्यादा पैसा मांगेगी फिर से आपको समय लगाना पड़ेगा फिर से आप पैसा कमाएंगे और वो पैसा जाएगा ऐसी चीजों में जिसका कोई भी सेंस अभी के लिए नहीं है अब एक अमीर मानसिकता का व्यक्ति ये गलतियाँ कभी नहीं करता है अब समझिए कि एक अमीर व्यक्ति की प्लानिंग क्या होती है या फिर वो क्या करता है एक अमीर व्यक्ति भी आपकी तरह ही पूरा समय लगाएगा पैसे कमाने के लिए बहुत मेहनत करेगा अपना लक्ष्य बनाएगा और उसके बाद पैसा कमाएगा लेकिन वो अपने पैसे को चीजें खरीदने में नहीं लगाएगा अब कौन सी चीजें ध्यान से सुनिएगा वो अपने पैसे को ऐसी चीजें खरीदने में बिल्कुल भी नहीं लगाएगा जो उससे और पैसा मांगेगी वो अपने पैसों को कुछ ऐसी जगहों पर लगाएगा जहां से उसे और पैसा वापस मिलेगा मतलब पुराना पैसा तो रखा ही रहेगा लेकिन उसके अलावा और पैसा मिलेगा अब यहाँ आरोप डिफरेंस क्या है इस बात को समझ लीजिएगा गरीब व्यक्ति की सोच होती है की मेरे पास पैसे आए हैं तो मैं खर्च क्यूँ ना करूँ मैं अपने पसंद की चीजें क्यूँ ना लूँ गरीब मानसिकता का व्यक्ति जब भी पैसे कमाना शुरू करता है तो शुरुआत में ही बहुत महंगे महंगे फोन लेता है बहुत महंगी महंगी कार खरीद लेता है क्योंकि वो सोचता है कि अभी मैं पैसे कमाना शुरू कर रहा हूं तो मैं अपने शौक पूरे क्यों ना करूं उसके अंदर ये फीलिंग आ जाती है की मेरे पैसे हैं मैंने कमाए हैं मुझे इसके साथ क्या करना है वो मुझे पता है लेकिन अमीर व्यक्ति की सोच थोड़ी सी अलग होती है वो क्या सोचता है की मैं मेहनत कर रहा हूँ मैंने पैसे कमाए अब मैं ऐसी चीजें खरीदूंगा जिनसे मेरे पैसे और ज्यादा वापस आएंगे मैं अपने शौक को थोड़े दिन के लिए मार दूंगा मैं अपने शौक आरोप कंट्रोल कर लूंगा लेकिन ऐसी चीज नहीं खरीदूंगा जिसमे मेरे और पैसे जाने वाले हैं अमीर व्यक्ति खरीदता है एसेट्स जिससे उसको और ज्यादा पैसे वापस मिलेंगे अब ऐसे तो बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं जिससे कोई व्यक्ति पैसे कमा सकता है लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल के लिए एक बात समझा देता हूँ अब मान लीजिए अमीर व्यक्ति ने पैसे कमाए उस पैसे को बचाए और उसके बाद उसने शेयर मार्केट का बहुत अच्छा नॉलेज था अब उसने शेयर मार्केट में अपने पैसे सही तरीके ऐसी लगा दिए अब मान लेते हैं की उस व्यक्ति को शेयर मार्केट का बहुत अच्छा नॉलेज है और उस व्यक्ति के पास भी पाँच लाख रूपए है लेकिन उसने कार नहीं खरीदी उसने देखा कि शेयर मार्केट में अभी क्या चल रहा है अब मान लीजिए कि 2020 में एक बहुत बड़ा फॉल आया था शेयर मार्केट में जिसमें रिलायंस के शेयर का प्राइस हो गया था लगभग एक हजार के करीब उसने अपना पाँच लाख रूपए पूरा का पूरा शेयर खरीदने में लगा दिया ठीक एक साल के बाद रिलायंस के शेयर का प्राइस लगभग दो के करीब हो गया मतलब जो पाँच लाख उसने शेयर मार्केट में लगाया था क्यूँकी उसको उसका नॉलेज था आज वो पैसा लगभग दस लाख के करीब का हो चुका है इसी प्रकार ऐसी अमीर व्यक्ति अपने पैसे को प्रॉपर्टीज में म्यूचुअल फंड में या ऐसी सेव जगह पर इन्वेस्ट करते हैं जहाँ से उन्हें और ज्यादा पैसा वापस मिल सके अब आप लोग ये मत सोचिएगा कि वो लोग अपने शौक पूरे नहीं करते हैं या वो लोग कंजूस होते हैं बिल्कुल भी नहीं इससे जितने पैसे उन्होंने और बनाए हैं उससे इंजॉयमेंट करते हैं लेकिन एसेट्स वाले पैसे में और पैसा जोड़ उसे और इन्वेस्ट करते हैं और ज्यादा पैसे बनाने के लिए सीधी ऐसी समझने वाली बात ये है की शुरू में जो भी पैसे कमाए हैं उसे अपने शौक में नहीं उड़ाना है उसे सेव करना है सही जगह आरोप इन्वेस्ट करना है जिससे हमें और पैसा मिल सके सोच कर देखे की ग्यारह ऐसी बारह साल की उम्र का बच्चा क्या करेगा जब उसे पैसे मिलेंगे वो उन पैसों को चॉकलेट खरीदने में खर्च कर देगा उससे खिलौने खरीद लेगा लेकिन एक व्यक्ति है जिनका नाम है वॉरन वफे शायद आप लोगों ने जरूर जानते होंगे उन्होंने ग्यारह साल की उम्र में अपने पहले शेयर खरीदे थे अपने पैसे को इन्वेस्ट किया था और आज वो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में ऐसी एक है अब इन दोनों फोटोज को एक बार फिर ऐसी देखिए जो मैंने आपको शुरुआत में दिखाई थी और कहा था की यही ऐसी हमें कुछ बात समझ में आने वाली है पहले व्यक्ति है मार्ग जक्रवर जो कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक है और दूसरे व्यक्ति है विजय माल्या जिनका आज की स्थिति में सब कुछ खत्म हो चुका है क्या आप सभी ने इन दोनों में कोई चीज नोटिस की पहला व्यक्ति दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक है लेकिन, लेकिन वो अमीर दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा है क्यूँकी उसने अमीर बनने की कोशिश की, की और आज वो अमीर है लेकिन दूसरा व्यक्ति अपने आप को बहुत ज्यादा अमीर दिखाने की कोशिश कर रहा है जो की आज वो नहीं है तो आप लोग मुझे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके बताइए की आप किस मानसिकता के व्यक्ति है और आप आगे क्या करने वाले हैं आपके आगे प्लानिंग क्या होने वाली है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हर व्यक्ति को पता चल सके कि आज वो किस स्थिति में है और कमेंट करके बताइए कि अगले किस टॉपिक पर आप लोग वीडियो देखना चाहते हैं अगले वीडियो में फिर मिलते हैं आपके द्वारा बताए गए टॉपिक के साथ तब तक के लिए धन्यवाद